गोरखपुर जिले के गगराहा गांव के पोखरे के पास नवनीत सिंह नाम का लड़का खड़ा था उस समय तालाब से सांप निकला सांप को देखकर नवनीत ने भागा सांप नारी का रूप धारण करके बोला डरो मत मैं जो कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो कलयुग में पाप बढ़ रहा है पाप का अंत करने में इस पृथ्वी पर जन्म लूंगी और जो लोग धर्म का नाश करते हैं उनका नाश करूंगी जो भी मेरे नाम से ग्यारह बार इसे किसी अन्य को भेेगा उसकी मनोकामना 24 दिन में पूरी होगी इतना कहकर सांपरूपी माता जी भद्रकाली 21 कदम पीछे हटकर अदृश्य हो गए ये बात सुनकर मोबाइल दुकानदार सुंदर मौर्या ने 11 बार अन्य को भेज दिए तो उस व्यक्ति को 21 लाख रुपए आकर्षक रूप से मिले उसके बाद एक सोना जिसका नाम संजय सोनी ने ग्यारह बार भेजे तो उसको आठ दिन बाद जमीन में छुपा हुआ सोना मोहर से भरा एक कलश मिला उसके बाद एक लड़के ने 10 बार भेजे तो उसे नौकरी मिल गई एक व्यक्ति ने झूठा समझकर रोक दिया तो उसका बहुत नुकसान हुआ और उसकी नौकरी चली गई एक बहन को स्वाइन भलो की बीमारी थी उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी तो उसने अशोक यादव नामक लड़के की बात सुनी और 11 बार भेजने की बात की तो वे ठीक होदाम महोला के अभिषेक बैठा और दस लोगो ने मिलकर दस को भेजा तो साठ मिनट में ही पंद्रह लाख का लाभ हुआ हर व्यक्ति से हमारी प्रार्थना है कि वे इस संदेश को डिलीट न करें से अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं निवेदक समस्त ग्रामवासी गोरखपुर जिले के गगराहा गांव के पोखरे के पास नवनीत सिंह नाम का लड़का खड़ा था उस समय तालाब से सांप निकला